आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज नेचुरल्स ट्रेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज हुलहुल हुल के बारे में बताएंगे हुलहुल डॉग मस्टर्ड ये जो आप देख रहे हैं पॉड्स इनसे मस्टर्ड की शेप में मस्टर्ड जैसे गोल गोल बीज निकलते हैं और इसको क्लियोम विस्कोसा भी हम कहते हैं ये थोड़ा सा चिचिपा विस्कस इसका स्टेम है इसकी पॉड्स भी थोड़ी थोड़ी चिपचिपी सी विस्कस जैसी लग रही है ग्लैंडर ट्राइकोम्स इसमें होते हैं और इसके अंदर जो बीज निकलते हैं जिनको हम वाइल्ड मस्टर्ड या डॉग मस्टर्ड कहते हैं इसके येलोइ इस कलर के फूल हैं और ये कैपेडेसी फैमिली का प्लांट है मित्रों, और इन्हीं सरसों जैसे बीज से ही इसका प्रोपिगेशन हो जाता है और इनका उपयोग पेट के अंदर कीड़ों को दूर करने के लिए किया जाता है जो इसके अंदर सीड्स निकलते हैं उन्हीं से हम बुखार के रेमिडेशन के लिए उपयोग में लाते हैं साथ ही इसके पत्र आप देख रहे होंगे इसके पत्र का जूस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसके पत्र का जूस बनाकर उसको अगर कान में दर्द हो तो दो से तीन ड्रॉप कान में डालते हैं मित्रों इसके पत्र के जूस बनाकर उसको हम मसाज के रूप में अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं कमर के दर्द के लिए शरीर के किसी भी भाग में अगर सूजन हो रही हो उसको ठीक करने के लिए तो इसके पत्र से निकलने वाला जो जूस होता है वो इन्फ्लामेशन को ठीक करने का सूजन को ठीक करने का कार्य करता है ज्वाइंट पेन हो वहाँ भी इसके पत्र का जूस आप लगा सकते हैं कान में दर्द हो तो कान में दो से तीन बूंदें इसके जूस की डालनी चाहिए कान का दर्द भी सुमंतर हो जाता है बिल्कुल ठीक हो जाता है इसकी जो नीचे जड़ होती है साथियों इसकी जड़ का हॉर्मोन को रेगुलेट करने का कार्य करती है एंडोक्राइन सिस्टम पर इसकी एक्टिविटी होती है इसकी जड़ का इसकी जड़ का हम डिकॉक्शन बना लेते हैं और उस डिकॉक्शन से हम डायबिटीज़ के रेगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन में हेल्प करता है इसकी जड़ का दिन में दो से तीन बार काढ़ा पीना चाहिए तीन ग्राम जड़ पर्याप्त होती है इस तरह की एक्टिविटी के लिए ओबीसीटी को भी कम करने का कार्य करता है डायबिटीज़ को ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेट करने के साथ साथ डायबिटीज़ के हीलिंग में ओबिसिटी को कम करने में और ब्लड कोलेस्ट्रोल के लेवल को मेंटेन करने में विशेष सहायक होता है साथियों होल प्लांट का आप पूरे प्लांट का चुका पंचांग बनाकर भी रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट रखने के लिए बुखार के लिए निमोनिक कंडीशन है निमोनिया जैसी अगर स्थिति हो गई है उसको ठीक करने के लिए बार बार होने वाले इन्फेक्शन के लिए बाउंड के हीलिंग के लिए आप इसको डिकोक्शन बनाकर सेवन कर सकते हैं फ्रेश अवस्था में अगर सूरस मिल जाए तो वो उत्तम होता है अगर शरीर के ऊपर फुंसी फोड़े की समस्या है तो इन्हीं पत्तरों का पेस्ट बनाकर लगा देना चाहिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे फोड़ा पक जाता है और पस निकल जाती है धीरे धीरे वो आसानी से ठीक हो जाता है इस प्रकार से वाइड एप्लीकेशन इस प्लांट के हैं कहीं भी सब ट्रॉपिकल में क्लाइमेट में आसानी से देखने को मिलता है हमारे नॉर्थ इंडिया में आसानी से राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सभी जगह ये मिलता है और आपके क्षेत्र में भी अगर ये मिलता हो तो और किस नाम से जानते हैं ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए हमारे यहाँ इसको हु कहते हैं और साइंटिफिकली इसको क्लियोमिस्कोसा कहा गया है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ यहाँ पे छोटे छोटे हीयर्स हैं और इनमें थोड़ा चिपचिपासा पदार्थ लगा हुआ है जो कि स्टिकी होता है तो इसको विस्कोसा कहते हैं विस्कस मटीरियल जैसा इसमें फील हो रहा है बहुत चिपचिपा सा पदार्थ होता है आप इसको ज़्यादा प्रोपेगेशन की कहीं आवश्यकता नहीं है एज ए वीड आसानी से देखने को मिलता है इन्हीं से स्प्रेड हो जाता है रुमेटिज्म के लिए भी इसके जो बीज होते हैं उसका फाइन पेस्ट बनाकर घुटनों पर भी लगा सकते हैं रूबी का कार्य करता है रेडनेस को कम कर देता है और ब्लड फ्लो को जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे बढ़ा देता है तो आसानी से पेन का जो सेंस है वो कम हो जाता है इसको आप बुखार के लिए एनालैसिक एक्टिविटी के लिए एंटीपायरेटिक एक्टिविटी एनालजेसिक एक्टिविटी और डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ओबिसिटी को कम करने के लिए किस प्रकार से आप इसको उपयोग में ला सकते हैं वायरल फ़ीवर हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फीवर हो उन दोनों में बहुत अच्छा कार्य करता है अब बर्स अभी गर्मी के मौसम में इसमें वाइट येलो इस जो इन्फ्लोरसेंस है ये आप देख रहे होंगे इस येलो इस स्मॉल एपिकल पोर्शन को आप अगर पेस्ट बनाकर चेहरे पे भी लगाते हैं तो चेहरे की कांति बढ़ाने का भी कार्य करता है चेहरे की सुंदरता बढ़ाने का कार्य करता है एंटी रिंकल एक्टिविटीज़ की होती है साथ मित्रों इसके अंदर एंटीफंगल एक्टिविटी भी होती है तो उस एंटीफंगल एक्टिविटी के लिए आप इसका काढ़ा बनाकर स्नान भी कर सकते हैं शरीर के ऊपर एक्जिमा या इचिंग की अगर समस्या है स्किन के ऊपर तो वो भी ठीक हो जाती है इस प्रकार से इस जानकारी को ज़रूर साझा कीजिए कल सुबह 6.30 बजे फिर मिलेंगे एक नई प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ई भी कर सकते हैं और टेलीफोनिक संवाद भी कर सकते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार